दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि Google Play Store में बैलेंस को कैसे ऐड किया जाता तो है Google Play Store में बैलेंस को हम तभी ऐड करते हैं किसी न किसी एप्लीकेशन का प्रोडक्ट बाय करते हैं या नहीं तो किसी न किसी एप्लीकेशन का हम सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं उसी समय हमको Google Play Store में बैलेंस ऐड करना पड़ता आप है आप तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे फ़ोनपे पेटीएम इनसे भी आप इन विभिन्न तरीक़ों से जो है पेमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है अपने गूगल प्ले स्टोर में बैलेंस को एड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर ये वीडियो आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं तो इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल जो बैल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता तो दोस्तों चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे वहाँ पे सारा कुछ आपको जानकारी स्टेप बाई स्टेप दोस्त इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ की गूगल प्ले स्टोर में बैलेंस को कैसे ऐड जाता है जैसे कि मैं यहां पे सौ रुपया एड किया हूं और भी मैं एड कर सकता हूं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से गूगल प्ले स्टोर में बैलेंस को करना है। <laughs> गूगल प्ले स्टोर में मनी एड करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन का आप उपयोग कर सकते हैं चाहे डेबिट कार्ड चाहे क्रेडिट कार्ड चाहे गूगल पे चाहे फोन तो हमारे पास अभी अवेलेबल है पेटीएम तो हम पेटीएम पर पे क्लिक कर लेंगे इंटर करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन जैसे फोन पे हो गया गूगल पे हो गया उसका रिचार्ज वाले सेक्शन में आप जाएंगे। तो यहाँ पे हम पेटीएम से कर रहे हैं रिचार्ज वाले सेक्शन में हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ ऑल सर्विस पे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो इसको ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर तो यहाँ पर देखिए गूगल प्ले रिचार्ज का एक ऑप्शन है तो इस जगह क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे आप कितना अमाउंट यहाँ पे इंटर करना चाहते हैं यानी कि Google Play Store में कितना बैलेंस ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे 1200 सौ इंटर करना चाहते हैं तो ये इंटर करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन है प्रोसीड टू पे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है आप किस विधि से पे करना चाहेंगे चाहे आई बैंक चाहे डेबिट कार्ड चाहे क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पे मेरा लिंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इसी से हम पे कर लेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो है अपना यूपीआई पी पिन डाल देंगे तो यूपीआई पी पिन डालने के बाद यहाँ पर राइट वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगा तो गूगल प्ले स्टोर में ये बैलेंस मेरा ऐड हो जाएगा है। अभी जो है प्रोसेसिंग ही हो रहा है जैसे कि आप मेरे को यहां पे देख रहे हैं ये अभी तक सक्सेस नहीं हुआ लेकिन अब जो है सक्सेस हो चुका है और ये मैसेज भी आ चुका है तो यहां पे हम जो है क्या करेंगे अब थोड़ा सा इसको ऊपर हम दिखा देते हैं ये मेरा जो है गूगल प्ले स्टोर में देखिए रिचार्ज कोड जो है यहाँ पर बारह का सक्सेस हो चुका है ये मेरे रिचार्ज कोड है उसके बाद चलिए हम आपको मैसेज में ले चलते हैं तो मैसेज में आया है कोड यहाँ पे देखिए पेटीएम का आया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बारह का जो कोड आया है तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस यही है यहाँ पे देखिए ये सब कोड ही है तो इसको जो है हम कॉपी कर लेंगे तो चलिए हम यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे या नहीं तो आप किसी भी जगह व्हाट्सअप में भी कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरा यहाँ पे कोड है इसको जो हम यहाँ पे जो फालतू का है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे कट करने, करने के बाद यहाँ पर देखिए इसको भी हम कट कर देंगे जो फालतू का है ये जो मेरा काम का जो है कोड है इसी को हम रखेंगे तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं ये आप किसी भी जगह कर सकते हैं कोई ज़रूरी ना है उसके बाद चलिए हम प्ले स्टोर पे आते हैं प्ले स्टोर पे ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरह से प्ले स्टोर आपका ओपन होगा तो यहाँ पे प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे या नहीं तो इसको नहीं लाइन का एक ऑप्शन होता है उसके बाद यहाँ पर पे देखिए पेमेंट एंड सब्सक्रिप्सन का एक ऑप्शन है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिडीम गिफ्ट कोड तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो ये पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए जो भी आपको कोड आया है मैसेज के द्वारा बारह का कोड जो आया है उसको यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो ये देखिए हम पेस्ट कर चुके हैं ये जो है कोड बस एक ही टाइम आपका वैलिड रहेगा बार बार के लिए वैलिड नहीं रहेगा उसके बाद रिडीम पे हम क्लिक करेंगे तो रिडीम पे क्लिक करने के बाद पहले मेरा एक सौ रुपया था अब यहाँ पे तेरह सौ रुपया हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे देखिए कन्फर्म देखिए मेरा बारह सौ का आ चुका है उसके बाद हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद उसके बाद देखते हैं इसके बाद नोट नोट पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद चलिए हम आपको पेमेंट दिखाते हैं फिर से यहाँ पर गूगल प्ले जो है प्रोफाइल मेरा यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद पेमेंट एंड सब्सक्रिप्सन पर आ जाएँगे फिर से उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पहले एक सौ रुपया था बारह सौ रुपया लोड किए यानी कि तेरह सौ रुपया हो गया तो ये जो है तेरह सौ रुपया हो गया इसी तरीके से जो है आप जो है बैलेंस को जो है ऐड कर सकते हैं